रावण का मामा था मारी मारी से कहते हैं क्या तुम आया मिर्ग बन कर जाओ मैं बाबा जी बन जाऊंगा मैं बाबा जी बन जाऊंगा तुम राम लखन को बहकाओ मैं सीता हर के लाऊंगा राम रामलखन को बैठा वो मैं सितार कर लाऊंगा इतना सुन के मारिच ने सुंदर मृग रूप बना लिया इतना सुन के मारिच ने सुंदर मृग रूप बना लिया मिर्गा का रूप दिखा करके वह दे को बहका लिया मिर्गा का रूप बना करके वे दे को बहिया मिर्गा का रूप बना करके वह दे